चेंज पासवर्ड ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है पिछले में हमने सीखा कि चेक कैसे करें यदि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है हमें हमारी डेटा वैल्यू मिली है। कृपया याद रखें कि हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे पासवर्ड्स इनक्रिप्ट हैं। अतः जैसे ही ये फील्ड्स अंदर आ रहे हैं मैं उनको एक एमडी फाइव है इनक्रिप्ट करूंगा सुनिश्चित कर लें कि आपने कोष्ठक डाले हैं। मैंने जो आपनेिन्हांकित किया है हमारा पैरामीटर है अतः हमारे पास हमारे MD5 फाइव इनक्रिप्टेड पासवर्ड होंगे हमें यह फील्ड चेक करने की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए कि वे मौजूद हैं या नहीं फिलहाल जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ पहले मैं लिखूंगा चेक पासवर्ड अगेंस्ट डीबी और फिर हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होंगे हम इन पेजेस में कई में पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हैं जैसे कि लॉगिन पेज आप इसको अपने एक समय के लॉगिन स्क्रिप्ट के साथ इंक्लूड और इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी नामक अलग फाइल में रख सकते हैं ताकि आपको यह टाइप ना करना पड़े लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको बार बार टाइप करूंगा क्योंकि सीखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है हम यहां टाइप करेंगे कनेक्ट इज इक्वल टू माई एफ क्यूएल अंडर कनेक्ट और हम मेरे यूजर नेम रूट और पासवर्ड के साथ अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे मैं अपना डेटाबेस चुनने जा रहा हूँ और यह है पी लॉगिन जो यहाँ है यहाँ पर जाएं और आप इसे यहाँ देख सकते हैं हमारा टेबल यूजर्स है जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे आगे मैं मैं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्वेरी मैं क्वेरी बनाऊंगा अतः टाइप गेट जो कि माय माई क्वेरी के समान है और यहाँ हम सिलेक्ट पासवर्ड टाइप करेंगे हमें डेटाबेस यूजर से पासवर्ड पता लगाने की आवश्यकता है आप यहां देख सकते हैं यह यूजर्स टेबल है फिर हम टाइप करेंगे वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर यह हमारे यूजर का यूजर नाम धारित सेशन वेरिएबल है अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल से अपना पासवर्ड है जहाँ यूजर नेम से समान है और यह अलेक्स के समान है अतः यह सफल होनी चाहिए तथा आप अंत में कुछ एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं और डाई क्वेरी डिडेंट वर्क आप इस एरर मैसेज के साथ कुछ कल्पनाशील हो सकते हैं और अपनी पसंद से टाइप कर सकते हैं उसी तरह यहां आप लिख सकते हैं और डाई आप यहां अपना एरर मैसेज जोड़ सकते हैं लेकिन समय बचाने के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ अब हम इसका उपयोग थोड़ा अलग करेंगे इससे पहले कि हम डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड के माध्यम से वाइल फंक्शन से लूप का उपयोग करें मुझे इस पद्धति के बारे में किसी की टिप्पणी के माध्यम से सूचना मिली। मैं लिखूंगा row is equal to और यह क्वेरी गेट है हम ओल्ड पासवर्ड डीबी सेट करेंगे जो कि नया वेरिएबल नाम है पुराने पासवर्ड के साथ यह गलती मत करना जो सबमिट किया गया है डेटाबेस के अंदर हमारा पुराना पासवर्ड हमारी बेस के समान होगा। अंदर लेबल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है अतः यहाँ से हम अपने की जांच कर सकते हैं अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड चेक करना एक सरल इफ स्टेटमेंट है डेटाबेस में टाइप करें ओल्ड पासवर्ड इज इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड यह दोनों MD5 हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले एक MD5 एमडीफ परिवर्तित किया हुआ है अतः यदि वे समान हैं, तो हम कोड का ब्लॉक रन करेंगे अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे ओल्ड पासवर्ड ड मानते हैं कि हम प्रमाणीकरण के पहले स्तर को पार कर चुके हैं हमने डेटाबेस में पुराने पासवर्ड को पुराने पासवर्ड से चेक कर दिया है अब हमें अपने दो नए पासवर्ड को चेक करने की आवश्यकता है अब आसानी से टाइप करें इफ न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू रिपीट न्यू पासवर्ड फिर हम कोड का ब्लॉक बना सकते हैं अन्यथा हम पेज को नष्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं New passwords don't match. अतः यहां सक्सेस है और फिर हम लिखेंगे चेंज पासवर्ड इन डेटाबेस अतः अब मैं क्या करूंगा कि सक्सेस को एको करूंगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊंगा मैं जान कर अपना पासवर्ड गलत टाइप करूंगा और अतः हाँ मैं इसे टाइप करूंगा मेरा नया पासवर्ड मैं एबीसी टाइप करूंगा और फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके हमें मैसेज मिलता है ओल्ड पासवर्ड पासवर्डन मैच यदि मैं एबीसी को अपने पुराने पासवर्ड के रूप में टाइप करता हूँ जो यह है, तथा एक दो तीन को नए पासवर्ड के रूप में और बगल में क्रमहित अक्षर हमें मिलना चाहिए ओ ओल्ड पासवर्ड डापस जाए और कोड को चेक करें ओल्ड पासवर्ड रो पासवर्ड क्वेरी गेट यहां हम दोष मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अंत में ब्रेक के साथ लिखते हैं एको ओल्ड पासवर्ड डीबी तथा एक और ब्रेक के साथ लिखते हैं एको ओल्ड पासवर्ड अब हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को फिर से रन कर सकते हैं अतः पुराना पासवर्ड एबीसी के समान नया पासवर्ड एक दो तीन के समान, और फिर क्रम रहित अक्षर लिख सकते हैं ठीक है तो इनकी तुलना करते हैं वे दोनों समान दिख रहे हैं अतः हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ समस्या मिली है फिर से कोड को चेक करें वर्तनी के लिए जांच की जा रही है ठीक है मुझे समस्या पता चल गई है यदि मैं यहाँ मेरे डेटाबेस पर वापस जाता हूँ हम देखते हैं कि मैं इस वैल्यू में स्वतः जुड़ गया था और मैंने इसके अंत में यह स्पेस दिया था आप इसे नीले रंग में चिन्हांकित देख सकते हैं मैं इसे जल्दी ही छुटकारा पाऊंगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊंगा। मैं हमेशा की तरह फिर से लॉग इन करूंगा और जल्दी से मेरा पासवर्ड बदल दूंगा मैं सही से अपने पुराने पासवर्ड को डालूंगा और मेरे दोनों नए पासवर्ड के लिए क्रम रहित टेक्सट डालूंगा आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों नए पासवर्ड्स का मिलान नहीं हो रहा है हमें इसे पहले ऐसी अतः अब हम इसे डिलीट कर देते हैं अतः मानते हैं की मेरे पासवर्ड का मिलान हो रहा है मैं इस सच मैसेज को डिलीट करता हूँ अतः इन्हें डिलीट करते हैं मैं उन्हें दोष मार्जन के लिए रखता हूँ मैं मेरा पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड एक दो तीन और एक दो तीन टाइप करूंगा चेंज पासवर्ड पर क्लिक करूंगा और हमें सक्सेस मिलता है अतः मैं यहाँ पिछली गलती के लिए माफी मांगता हूँ अतः इस ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में हम यूजर के पासवर्ड को अपडेट करने के साथ जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे की सब कुछ ठीक से कार्य कर रहा है यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवाल द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं